don't touch don't touch i am not a hell jiski wo jaise tujhe ho rafil o oh, hum nahi kuch o oh, rafil ab aise na nacha ke hum one your dream tu to scam kar gayi dil ke sath main to chal raha tha tera pakad ke hath ab hume nahi suni teri jhooti main ye to trust karke sad gaya mind